चालू हाँ चालू क्या हेलो ये खेड़ापति हनुमान मंदिर शामगढ़ है ये मंदसौर जिले का शामगढ़ गांव के अंदर स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ जो परिसर आप देख रहे हैं इस परिसर के अंदर आए दिनों शादी विवाह के मांगलिक कार्य यहां होते रहते हैं यहां के आयोजन समिति जो होती है वो समिति सभी यहां सुविधाएं उपलब्ध की हुई ये आप देख रहे हैं ये नल लगे हुए हैं और जब यहां कोई प्रोग्राम होते हैं तो लोग इन नलों में का इस्तेमाल करते हैं दामोदर पथरी चिकित्सालय द्वारा भेंट की गई बेंच आप देख रहे हैं ये पांच बेंचें खेड़ापति हनुमान मंदिर को डॉक्टर दयाराम आलोक के सुपुत्र डॉक्टर अनिल कुमार राठौर दामोदर चिकित्सालय झामगढ़ द्वारा प्रदान की गई हैं अब आपको हम अगले दृश्य को बताते हुए ये देखें कि यहाँ पर नगर परिषद शामगढ़ द्वारा भी बेंचें भेंट की गई हैं जो हैं आप इस वीडियो में देख रहे हैं अब आगे चलकर के हम ये देखते हैं कि ये एक और बेंच यहाँ पर दामोदर पथरी चिकित्सालय शामगढ़ द्वारा यहाँ लगाई गई है बंधुओं सामाजिक कार्यों के लिए बलिदान और समय का देना दोनों अनुदान देने का भी महत्व है और सामाजिक कार्यों में लोग योगदान करते हैं अब हम आगे बढ़ते हुए खेड़ापति हनुमान मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं खेड़ापति हनुमान मंदिर के अंदर जो मूर्तियां हैं वो बहुत प्राचीन ज़माने की हैं और बताते हैं कि यहाँ पर जो भी मन्नतें मानी जाती हैं वो हनुमान जी की दया से पूर्ण होती हैं खेड़ापति हनुमान मंदिर के अंदर अब जब हम प्रवेश करेंगे तो यहाँ से दिख रहा है कि एक नेम प्लेट लगी हुई है इस नेम प्लेट को डॉक्टर दया जी आलोक द्वारा यहाँ स्थापित किया गया है अब हम इस नेम प्लेट में क्या लिखा है ये पढ़ कर के आपको बताते हैं इसमें लिखा है कि डॉक्टर साहित्य मनीषी डॉक्टर दया जी आलोक के आदर्शों से प्रेरित पुत्र डॉक्टर अनिल कुमार राठौर धामोदर पथरी चिकित्सालय शामगढ़ द्वारा इस संस्थान के निर्माण विकास सीमेंट बेंच के लिए इक्कीस हजार का दान समर्पित सन 2022 यहां के जो पंडित हैं सत्यनारायण जी पुरोहित ये नंबर आपको बताया जा रहा है यहां के ये यह मुख्य पुरोहित हैं और मंदिर में भगवान हनुमान जी की सेवा में कार्यरत हैं धन्यवाद अब खतरा देखो तो